पूछते हो बेतुल्ला शरीफ से पहले तो और, और फलस्तान फलस्तियों का मुल्क है इसराइलियों का मुल्क नहीं है इसराइलियत जाके अपने इसराइली ममालिक और फलस्ती को उनके अपने हकूक के जरिए से अपनी इबादत करने दे आपको कोई हक नहीं पहुंचता, ना ही ह्यूमन राइट्स के तहत ना ही इस्लामी राइट्स के तहत ना ही आपके अपने मज़हब के तहत कि आप किसी मुसलमान को जबरदस्ती करें किसी इंसान को जबरदस्ती करें कि वह आपके मजहब पर चले या आपके तरीके पर इबादत करे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अथॉरिटीज इस बात की कई साल पहले रूल्स बना चुकी हैं कि हर इंसान को यह हक हासिल है कि वह अपनी मर्जी से अपना मज़हबलेक्ट करे अपनी मर्जी से अपनी इबादत करे तो आप कौन होते हो जबरदस्ती बंदूक की नोक पर को यहूदी बनाने वाले, वाले, या या उनको उनकी उनकी नमाज से रोकने तो तो मुसलमान वहां पर आपकी बात माने आपके तरीके पर बात करें लिहाजा मैं अपील करूंगी इंटरनेशनल रूल्स अथॉरिटी से वो इस जुलम को नोटिस करें रमजानक का मुबारक महीना मुसलमानों के लिए वही फौकियत और तरजीह रखता है जैसे कि हिंदुओं के लिए उनकी होली है और क्रिस्टमस डेसमस डे, डे खराब करे तो आपको कैसा लगेगा उनको कैसा लगेगा कोई उनकी क्रिसमस खराब करे उनके चर्च को तबाह करे वहां पर जाकर चर्च की अगर बेहरमती करे तो वो क्या महसूस करेंगे क्या उस खामोश रहेंगे या फिर अगर कोई होली मना रहा है कोई जाके उनके मंदिर तोड़े और उनको होली मनाने से रोके तो कैसा लगेगा इन हिंदुओं को तो फिर जब बुरा लगेगा उनको फलस्ती इंटरनेशनल राइट अथॉरिटीज कहा से हो गई है उन्हें नजर नहीं आ रहा कि वहां पर फलस्ती के बूढ़े बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा वहां की औरतों के साथ बेदलू बदसलूकी की जा रही है हालांकि दौरान जंग भी मुसलमान को यह हक नहीं कि वो किसी गैर मुस्लिम की औरत पे हाथ उठाए या बच्चे पे हाथ उठाए या बूढ़े पे हाथ उठाए ये कौन सा मजहब है जो आपको सिखा रहा है कि आप वहां के बूढ़ों के साथ भी करें वहां की बदसलूकी करें वहां के बच्चों को उठा के ले जाए उन्हें मौत की घाट उतार दें कैमरे के चलते हुए बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है इस तरह की वीडियो आपको वायरल मिलेंगी जिसमे फलस्तीनी बच्चों को मारा जा रहा है को तो मारा जा रहा है बुडों के साथ की जा रही है हालांकि ऐसा नहीं है मुसलमान जुलम का जवाब जब जुल में देते हैं तो फिर आपको नजर आता है पहले आपको नजर नहीं आता जिस कदर हो सके इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर वायरल करें ताकि जो इंटरनेशनल थार्टीज़ हैं रूल बनाने वाली उनकी आंखें खुल सकें वफ़रत की नींद से जाग सकें उन्हें नज़र आ सकें कि किस कदर इंसानियत पामाल हो रही है फ़लस्तीन में असलकम वरहि वर्का